तो देने के बाद अभी आरोप होगा जनाबे अक्सर की देने के बाद ने सलाम किया तो लोगों के कल्याण में आए हैं का हुम है अब जो पहले हमला किया ये योजना है हर एक चीज के लिए ये योजना के का चपेट मारा को गुजरा तो एक तो सहा जो आगो बना भी था वो कहने लगा एक नहीं है के तरफ कि अगर कोई ऐसा नहीं है सामने आना है कि कि कौन रवाज है कि वही रबा है को हाँ तो, तो के करते करते ये या रोता अपने लाल की मैं लेकर आए अपने लाल की मैया को तब्र तो कर दिया मगर आजादा रो तभी तो आगे चल ये पर नहीं है, अरे कितने